हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल को कैंडिट पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाट पापड़ी की रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाट पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेढ़ कप मैदा लिया है आप चाहें तो आधा कप इसमें गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं बट मैदे से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है मैदे के साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप ली है सूजी यहीं पर हम नमक ऐड करेंगे हाफ स्पून नमक साथ में हाफ स्पून अजवाइन और इसी के साथ मैंने वन फोर्थ कफ घी लिया है इससे क्रिस्पनेस आती है इन्ग्रीडियंट्स को घी के साथ हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस तरह से लड्डू बांध के देख लेंगे अगर बंधने लगा देट मीन्स ये मिक्स हो गया है अब हमने यहाँ पर वन कप वॉटर है और इस आटे का हम अच्छी तरह से डो तैयार कर लेंगे तो फ्रेंड्स डो यहाँ पर हमारा लगभग रेडी हो चुका है इसको हमें कोई रेस्टिंग पीरियड पर नहीं रखना है सिर्फ इसे डायरेक्ट पापड़ी बनानी है डो उठाएँगे और इससे हम मीडियम साइज़ की जितने भी साइज़ की आपको चाहिए रोटी आपको तो आप उतनी बड़ी लोई बना लीजिए फिर हम इसको कट कर लेंगे तो इसका पहले हम अच्छी तरह से पेड़ा बनाएंगे गोल गोल घुमा के और पेड़ा बनाने के बाद हम इसको एकदम पतली बेलना है ज़्यादा मोटी हमें नहीं बेलना है क्योंकि मोटी जब पापड़ी बिली हुई होती है तो वो उसे खुश्क हो जाती है खाने में क्रंचनेस नहीं आती तो हमें इसे बहुत ही पतला रोल करना है रोटी मैंने यहाँ पर रोल कर ली है जैसा कि आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर इतनी पतली रोटी रोल की है आप भी बिल्कुल ऐसे ही रोल करें या फिर इससे भी ज़्यादा पतली मेरे पास यहाँ पर छोटी सी कटोरी है जिससे हम सभी पापड़ी को कट कर लेंगे वेट वेट, वेट गाइज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो यहाँ पर मैंने सभी पापड़ी को कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम साइड कर लेंगे और सभी पापड़ी को सेपरेट कर लेंगे और एक फोक की हेल्प से सभी पापड़ीज़ में हमको प्रिक कर देना है जिससे ये तलते वक्त फूलेंगी नहीं और क्रिस्पी बनेंगी सभी पापड़ी हो गई हैं तैयार तो इनको अब हम एकदम लो फ्लेम में फ्राई करें पापड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर रखना है बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि जितना ही मीडियम फ्लेम पर आप पापड़ी को तलेंगे उतने ही खस्ता बनेंगी तो इनको अब हम हल्के से पलटकर कर फ्राई कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं पापड़ी हमारी हो चुकी है फ्राई बिल्कुल यही कलर आने पर आपको फ्राइंग इस्टॉप कर देनी है पापड़ी तैयार हो चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि पापड़ी हमारी कितनी खस्ता बनी है ना इट्स टाइम टू सर्विंग तो एक प्लेट में मैंने यहाँ पर सभी पापड़ी को कर लेना है स्प्रेड अच्छी तरह से बिछा लेंगे पापड़ी को इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ बॉयल पोटैटो लिए हैं तो इनको हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर में हमको बॉयल्ड पोटैटो डालने हैं इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ चॉप्ड प्याज ले लिए हैं तो प्याज को हमें स्प्रेड करना है साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से टमेटो चंक्स ले लिए हैं टमाटोर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला लिया है जिसमें काली मिर्च जीरा पाउडर और चाट मसाला यानी कि काला नमक है साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए दही एड किया है तो दही से भी काफ़ी अच्छा खट्टा मीठा स्वाद आता है पापड़ी में और पापड़ी तो होती ही है खट्टे मीठे स्वाद के लिए इसी के साथ मैंने यहाँ पर घर की बनी हुई इमली और गुड़ की चटनी ऐड की है ये पापड़ी में मीठा मीठा स्वाद देती है तो आप इसे चाहे तो ऐड करें या फिर इस पर स्कीप कर सकते हैं साथ में मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन चटनी ये सिर्फ़ धनिया और मिर्च की बनी हुई चटनी है और नमक इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर मैंने साथ में थोड़े से नायलोन सेव ऐड किए हैं ये एक अच्छा स्वाद देते हैं प्लस ये कलर और पापड़ी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं साथ में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे धनिया की फ्रेश पत्तियाँ थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मिर्चियों को बारीक चॉप कर लिया है थोड़ी सी लेयर अब हम ऊपर से डाल देंगे दही की तो फ्रेंड्स चाट पापड़ी हो चुकी है तैयार ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जाइए और आप भी ट्राई कीजिए और चाट पापड़ी बनाकर खाइए कुक एंड इट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग